असलकम वाला वर्का कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग असल खैरियत और आफ़ियत से होंगे आज मैं आप लोगों को कुछ अहम बातें बतलाने वाला हूँ बात ये है कि लोग देखो कर किस तरीक़े की हरकत रहे हैं और लोग किस तरीक़े को पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं हमें दीन इस्लाम के नाम पर लोग कितना उल्लू बना रहे हैं और हम ये समझते हैं ये स्वाब का काम है ये करते चले जाओ और कुछ भी ना करो लेकिन ये काम जरूर करो कुछ वीडियोस हमें भी भेज देते हैं लोग तो वो हमें भी देखना पड़ जाती है अब वो समझते हैं वो उनको सवाब मिल रहा होता ये है कि लोग खाने काबा की फ़ोटो पोस्ट करके ऊपर लिख देते हैं कि मुसलमान हो तो इस वीडियो को शेयर करो इस फोटो को शेयर करो इसके ऊपर अल्लाह लिखो इसके ऊपर ये लिखो अगर तुम मुसलमान इतनी सारी बातें होती मस्जिद नब्बी की फ़ोटो डाल देते हैं मस्जिद नबी की फ़ोटो डाल के पोस्ट करके लिख देते हैं कि मुसलमान हो तो इसको भी शेयर करो मुसलमान हो तो इसको भी शेयर करो दरूद इब्राहिम ही लिख कर दे देते हैं कि इसको पढ़ो इस अगर मुसलमान हो तो इसको शेयर करो इसको शेयर दस लोगों को शेयर करने से ये खुशखबरी मिलेगी ये बशारत मिलेगी न जाने क्या क्या चीज़ें बोलते चले जाते हैं लिखते चले जाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हम हमें जो है न लोग भेजते रहते हैं लेकिन हम उनसे यही पूछना चाहते हैं क्या फ़ोटो शेयर करने से हमारी मुसलमानी साबित होती है क्या फ़ोटो शेयर करने से हम अपने आप को मुसलमान तभी कहला पाएंगे जब हम फ़ोटो शेयर करेंगे क्या दस लोगों को शेयर करने से जन्नत जब भी मिलती है जब भी वाजिब होती है बाक़ी आप चाहे कुछ भी करें कुछ नहीं तो फिर मेरे भाई ये बताओ नमाज़ रोज़ा हज ये सारी चीज़ें फिर किस लिए हैं ये तो फिर बेकार हैं बस पोस्ट करते चले जाओ और जन्नत मिलती चले जाएगी और कुछ करो ना करो घर बैठे बैठे बस खाली पोस्ट करते रहो एक दूसरे को इधर भेजो उधर डिस्टर्ब करो इधर जो करो उधर वो करो दस पंद्रह बीस पच्चीस लोगों को भेजते रहो और दिन भर जन्नत मिलती रही मेरे भाई क्या हरकत लगा रखी है आप लोगों ने मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जिस तरीके की ये जो पोस्ट करते हैं ना जिस तरीके से भी जो जो भी लोग करते हैं इनकी पोस्ट को ना तो बिल्कुल आप शेयर करा करें ना ही वो करा करें बल्कि इस पोस्ट के ऊपर आप रिपोर्ट आउट करा, करा करें समझ में आ रही बात और ये वीडियो जो है ना लोगों को भेजा ना करा करें अगर आपके पास आ गई है तो फिर डिलीट कर दो ठीक है और सुन लिया तो फिर कोई बात नहीं तो आगे दस लोगों को फॉरवर्ड ना करा करो ये जो लोग फॉरवर्ड करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं वो सोच रहे हमें इसका जवाब मिला वो हमें इसका जवाब मिला कोई अच्छी बात तो तुम लोग शेयर करते नहीं हो वही बस खाली एक आज चीज़ आ गई कि हमें खुशखबरी जन्नत मिल जाएगी जो मिल जाएगी बस इस तरीके की बातें होती हैं बस वही आप लोग शेयर करते चले जाते हैं तो मेरे भाई कभी कभार अच्छी जो बातें हुआ करें उनको शेयर करा करो उस पे आपको सदका जारिया का स्वभाव मिलता है लेकिन इस तरीके की बिला बजे की बातें जे लिख दिया वो लिख दिया बस इस तरीके की पोस्ट कर दी आप उन्हें भेज उन्हें डिस्टर्ब कर रहे तो इस तरीके की हरकत ना करें ये जो लोग कर रहे हैं इनके ऊपर रिपोर्ट करें उसमें ऑप्शन होता है रिपोर्ट करें इस फोटो का तो अल्लाह ताला हम लोगों को दीन की सही समझने की तौफीक अदा फरमा दीन की सही समझ तौफीक अदा फरमा और दीन पर सही चलने की तौफीक अदा फरमा और अल्लाह ताला हम लोगों को दीन के सही रास्ते पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमा आमीन